तो हेलो वाइस कैसे आप लोग आई होप सब बढ़िया होंगे तो गुड मॉर्निंग अभी जस्ट सो के उठाऊँ और कल का ब्लॉग मैं अभी जस्ट पब्लिक किया और पब्लिक करने के बाद मैं देख रहा हूं ना ब्लॉग तो ब्लॉग चलो ठीक है ब्लॉग तो अपलोड हो गया और सबसे बड़ी बात तो जो ये जो कल का लाइव था ना उसमें कॉपी आ गया है इस कॉपी घंटे का लाइव स्ट्रीम किया और उसमें कापी आ गया और कॉपी आने की वजह क्या है पता तो आपको और जो ये सब भाई साहब लोगों ने जो गाना बना जो गाना बजाया था उन लोगों ने एक गाना और जो म्यूजिक बजाते नॉन कॉपीराइट म्यूजिक बजाते तो ठीक था उन लोगों ने ना मतलब मराठी गानेस बजाए बहुत सारे सॉन्ग्स बजाए और उसके बाद थोड़े बहुत चिल वाले गाने बजाए और उस हिसाब से जो है ना मेरे एक पूरे लाइव स्ट्रिंग पे एक मेरा पूरे लाइव स्ट्रिंग पे मेरे जो है सात घंटे की लाइव स्ट्रिंग मेरी ख़राब हो गई पूरी से बोलते हैं ना कॉपी आ गया कॉपी क्लेम जब हो जाता है ना तो चैनल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और ये चैनल मैं गीवा भी करने वाला था और एक चैनल को और मेरे मेन चैनल पे अच्छा हुआ मैंने नहीं किया नहीं तो मेरा मेन चैनल भी डेड हो सकता था जिससे कि ए, एक एक लाख पचहत्तर हज़ार सब्सक्राइबर वो चैनल मैं किसी को नहीं बताता हूँ और ये भाई भाई लोग ने पटमेश भाई ने मुझे बोला था कि जो है मुझे चाहिए एक लाइव स्ट्रीम करने के लिए चैनल तो मैंने एक महीना पहले ये चैनल बना दिया था इस पर ब्लॉग जो उस वाले चैनल पर अपलोड करता है मेन चैनल पर वही ब्लॉग इस पर भी अपलोड करता हूँ तो ये वाला व्लॉग उस पर नहीं जाएगा वो ये वाला व्लॉग इसी चैनल पे आएगा तो आप लोग समझ ही रहे हो ना मतलब मेरे को कितना बुरा लग रहा है ये ये मैं चैनल किसी और को देने वाला था और अभी चैनल डेड हो गया है तो अभी क्या कर सकते हैं जो येगा देखा जाएगा पर मैंने अपलोड कर दिया आप जाके इस देख सकते हो लाइव स्ट्रीम पर और मैं एक बार इसका ये भी लगा दूँगा अपने कम्यूटी पोस्ट पर डाल दूँगा ये पोस्ट कर लूँगा फ़ोटो यूट्यूब पर अभी आप लोग देख लेना मेरे को कापी आ गया भले क्या हुआ 200 लोग ही देखे थे फिर भी कॉपीराइट आना बहुत बड़ी बात होती है और 10 घंटे का वॉस्ट टाइम था चलो जो हुआ ठीक ही हो जो होता है अच्छे के लिए होता है आई होप आप समझ रहे होंगे मेरे को कितना बुरा लग रहा है तो अभी आज दोस्त का बर्थडे वो सर भी जाना है तो इसका अलग से ब्लॉग आएगा तो जो भी है देखा जाएगा अभी चलते आज दिन भर क्या करेंगे वो आपको दिखाएंगे और आज परचमेश भाई से पर्सनली मुझे मिलना है कि कॉपी आ गया और ओमकार भाई से भी मिलना है और जो दो तीन लोग उन लोगों से मिलके मैं बात करके बताता आपसे। स्टोरी और क्या? <laughs> एडिट करना पड़ता है फिर। <laughs> देख अच्छी अपनी जगह सब से घूम के इधर? इधर नई जगह सब।, सब।, सब।, सब।, सब।, सब। वरुण अपने अपना भी लू क्या ऐसा हाँ, तो नहीं, <laughs> मतलब नहीं नहीं वो खुद डाली मेरी भाभी लिखो बस की भाभी भाभी वो भी तो बच्चे धूल है अच्छे सुखाता रहेगा पूछे भाभी दिख रहा है अबे इसको इसको इस इस इस साइड साइड साइड ले ले सब लोग है काला क्यों आ रहा काले लोगे तो काला ही ही आएगा अबे मुंह नहीं दिख रहा किसी का इस साइड है एकदम बेकार सब लोग कहा दिख रहे हो सब लोग अभी तो दिख भी नहीं रहा You? You, you, you केक नहीं गिरना बहुत अरे केक केक के ऊपर से, गे गे, भाई से। अरे चम्मच भी देख अरे खाने लाए गए थोड़ा सा सबका वीडियो जाएगा और ये स्टोरी लगाऊंगा जो, जो जो उठा उठा के खा रहे खाओ खाओ जमीन से उठा के खाओ जमीन में से उठा के खाओ <laughs> चलना चलना पास ही कोई, कोई नहीं कोई कोई अरे तू दौड़ने में हिल नहीं दूसरा आएगा अब पे खड़े मत रहो नहीं तो वो भल्ते में गाली देगी चार गाली अरे बस खत्म हो गया रे दे दे। <laughs> अरे।, <laughs> अरे <वाँ। laughs> <दिन, हजी> <laughs> <इना>, <laughs> चार गाली दो इन लोग को। <laughs> ए? देख दे। दूर वीडियो कर। ये पूर्व लास्ट में ले चल फिर कले कले तुम्हेरा चेहरा भी आ रहा है नहीं चुप के मत ले ना ये ये बात ये ये नहीं पालना चाहिए ये नहीं पालना चाहिए क्या ये उधर बैठा है नहीं भाई भाभी नहीं पढ़ा है क्या आज अगर सब लोग आए थे तो मैंने तो मेंशन कर दिया